Hey, ये क्या ले बस छोटे बहू की शादी का तोहफा बिजली से चलने वाली आटे की चक्की हाथ चक्की से कितना गेहूँ पीसेगी so, रुको जरा सबर करो अभी बजा आएगा ना चाचा जी आ, आप आप यहाँ क्या कर रहे हो आटा लेने